कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाओ कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं जाऊ सियार कहो फिलहाल अग से यार कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं जाऊ लग सियार कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं मैं जाऊरा ए दो दे गलतिया जो भी करे रे आ जानी अरे भी दे तेरे बनके जो मारे रे आ जानी तुम्हारे दागे ला संभाल तुम्हारे दागे ला संभाल के तेरा हो जाऊं अगस ऐसा खेल रचा के मैं बना के पे प्रेम बना के पे